आप समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हमें दीपक सब जलाते हैं हम इस बार हृदय का दीपक जलाएं दुनिया में गम का अंधेरा बहुत है चलो मन में प्रेम की लत दे जुए तब दीपावली